बेजदू अब रची उमद तेरा चलते प्यार सोनिए दानी चलते प्यार बे जदू थ रचिए देना ची हमारा मैथा मारी जा मैथा मारी जाए tere jo hai jo hai sanam karega tere ordina pe wale ke ne wale pe wo mein amal modega rakha maine baba ko mai se kege chala <laughs> de bil le bas <laughs> mera pehda rahega badal ikra chinn me aane den pe saale na kiraf le karma maro de isne ab hiran di um baat tera na ikka nahi chalte ya ye tan chalte pyaar ye tan chalte pyaar son liye tan chalte pyaar vej tu aur <laughs> raatiyon ka tera na jaisa raatiyon ka tera na main mar jaani hoon mar jaani aaj ka amari